तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एवरेस्ट पर्वत पे खोए हुए एक कैमरे की क्या है एवरेस्ट पर खोए इस कैमरे का रहस्य जिसके मिलते ही बदल जाएगा इतिहास दुनिया के इतिहास में 29 मई की तारीख काफी खास है आज ही के दिन उन्नीस में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे जिस वजह ऐसी हर साल उन्तीस मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ अपने आप में कई राज भी समेटे हुए हैं, जिनसे पर्दा हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है नंबर एक सन 1924 की एक घटना पूरी दुनिया को एडमंड और टेंजिंग नॉर्गे की कहानी तो पता है लेकिन उनसे पहले 1924 में जॉर्ज मालोरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट के पास पहुँचे थे वैसे तो जून का महीना था लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप के आसपास सर्द हवाएं चल रही थीं। वो दोनों 4 जून को एडवांस बेस कैंप से चोटी फतह करने के लिए निकले शुरुआत के तीन दिन काफी सही बीते, जिस वजह से वो जून के सात से 8 को आठ हजार मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे नंबर दो दोनों हुए लापता एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आठ हजार आथ मीटर है ऐसे में जॉर्ज और एंड्रयू को सिर्फ 800 मीटर और चढ़ाई करनी थी इसके बाद उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था 9 जून को एवरेस्ट की पूरी चोटी बादलों से ढक गई और दोनों पर्वतारोही अपनी जगह पर रुक गए एक दिन बाद बादल तो हट गए लेकिन जॉर्ज और एंड्रयू का कोई पता नहीं था उनके साथ क्या हुआ ये आज भी एक बड़ा रहस्य है नंबर तीन अंतिम बार नोएल ने देखा अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 1924 में जॉर्ज और एंड्रयू एवरेस्ट पर पहुंचे थे या नहीं अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इतिहास बदल जाएगा अभी तक जिन एडमंड और तेंजिंग नॉर्गे को एवरेस्ट पर जाने वाली पहली जोड़ी माना जाता है वो दूसरे हो जाएंगे इसको लेकर अभी भी पर्वतारोहियों में बहस जारी है पर्वतारोही नोएल ओडल ने जॉर्ज एंड्रेय की जोड़ी को अंतिम बार देखा था उनका दावा है कि वो दोनों गुम होने से पहले चोटी के बहुत करीब थे इस वजह से वो अपने अभियान में सफल रहे होंगे नंबर चार दोनों के शव चोटी के पास 1933 में एक खोजी अभियान चलाया गया जो एवरेस्ट कैंप छः के ऊपर पहुँचा वहाँ पर उनको एंड्रेयू की बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी मिली जिसको देखने पर लग रहा था कि वापस लौटते वक्त वो नीचे गिरी थी इसके बाद 1975 में एंड्रयू का शव मिला वो भी सबसे ऊंचे शिखर से थोड़ा सा नीचे था इसके बाद उल्हाड़ी के पास एक खोजी दल को 1999 में जॉर्ज का शव मिला नंबर पांच कैमरा नहीं मिला दोनों के शवों के पास से बहुत सामान मिले लेकिन एक चीज अभी तक गुम थी वो था उनका कोडैक कैमरा पर्वतारोहियों ने जाने से पहले कहा था कि वो चोटी पर पहुंचने पर इस कैमरे से फोटो खींचेंगे अगर वो दोनों उस दिन चोटी पर पहुंचे होंगे तो फोटो जरूर ली होगी विशेषज्ञों का मानना है कि एवरेस्ट पर बारिश नहीं होती सिर्फ बर्फ गिरती है ऐसे में रील को नुकसान नहीं पहुँचा होगा अगर रील को नुकसान हुआ भी होगा तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो फोटो को कुछ हद तक रिकवर कर लेंगे ऐसे में कैमरे की खोज अभी भी की जा रही है अगर वो मिल गया तो एवरेस्ट का इतिहास बदल जाएगा नंबर छ 24 साल से माउंट एवरेस्ट पर पड़ा है एक आईटीबीपी जवान का शव। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची और खतरनाक चोटी है आज ही के दिन यानी 29 मई उन्नीस को दो लोगों ने इस चोटी को फतह कर इतिहास रचा था जिनका नाम एडमंड और तेंजिंग नॉर्गे था इन दोनों पर्वतारोहियों की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है एक ऐसी ही कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चोटी से दो तीन मीटर नीचे एक शव 26 साल से पड़ा है ये शव शेवांग पलजोर का है माउंट एवरेस्ट पर पड़े शव के बारे में पर्वतारोही बताते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई थक कर सो रहा हो अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो ये जान ही नहीं पाएंगे की वो एक लाश है इस शब्द की पहचान पर्वतारोही उसके हरे जूते से करते हैं जिस वजह से शेवांग अब ग्रीन बूट्स के नाम से जाने जाते हैं। कोई उसको देखकर डर जाता है तो कोई वहां बैठकर फोटो खींचवाता है ग्रीन बूट के नाम से चर्चित शब्द आईटीबीपी जवान और भारतीय पर्वतारोही शेवांग पलजोर का है वो 10 मई 1996 को अपने साथियों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह करने निकले थे इस दौरान बर्फीला तूफान आया और उनकी मौत हो गई उनकी मौत पर आज भी विवाद है कुछ पर्वतारो कहते हैं कि पलजोर बर्फीले तूफान में बच सकते थे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की बर्फीले तूफान के बाद वो और उनका एक साथी मदद की गुहार लगाते रहे वहाँ कई पर्वतारोही मौजूद थे लेकिन एवरेस्ट जीतने की चाहत में किसी ने उनकी मदद नहीं की तब से लेकर आज तक उनका शव वहीं पड़ा है एवरेस्ट पर लाशें बताती हैं रास्ता माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर के करीब है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत ही कम रहती है जिस वजह से दिमाग और फेफड़े की नशे फटने लगती है एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा मौतें 8000 मीटर के ऊपर वाले हिस्से में होती हैं, इसलिए इसे डेथ जोन भी कहते हैं वहीं बर्फीले तूफान भी कई पर्वतारोहियों की जान ले चुके हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक 308 पर्वतारोहियों की मौत एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान हुई है उतनी ऊंचाई से शव को लाना नामुमकिन है इसलिए ज्यादातर पर्वतारोही अपने साथियों की लाश वहीं छोड़ आते हैं एवरेस्ट पर सामान्य तापमान -16 से -40 तक रहता है जिस वजह से ये एक डीप फ्रीजर की तरह काम करता है और लाशें सड़ती नहीं हैं। इन लाशों की पहचान पर्वतारोही कपड़ों और जूतों से करते हैं साथ ही लाशों की मदद से अब रास्ते की पहचान होने लगी है